साथियों नमस्कार स्वागत है आपके जो है चैनल एस्ट्रो ओबी दाशीष पर दर्शकों मेष राशि के जातकों का अगस्त माह कैसा जाएगा इस माह में क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटित होंगी कैरियर की स्थिति क्या रहेगी शिक्षा में क्या ग्रोथ करेंगे आर्थिक स्थिति उनके कैसे रहेगी मेष राशि के जातकों का प्रेम संबंध कैसा रहेगा स्वास्थ्य कैसा रहेगा पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी इन सभी विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे आगे बढ़े दर्शकों इस माह में जो है कौन कौन से व्रत त्यौहार है इस पर भी दृष्टि डालेंगे अंत में दर्शकों पूरे मास में सबसे लकी डेस कौन से जो है रहेंगे उनके लिए जो है प्रतिकूल दिवस कौन सा रहेगा और कौन सा उनका लग जो है इस माह को जो है सबसे शुभ कलर रहेंगे अशुभ कलर कौन कौन से रहेंगे भाग्यशाली अंक कौन से रहेंगे अंत में उपाय बताते हुए प्रोग्राम का समापन करेंगे तो चलिए दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर दृष्टि डाल लेते हैं एक तारीख गुरुवार दिन रहेगा श्रावण मास की अमावस्या रहेगी तीन तारीख को हरियाली तीज रहेगी और पाँच तारीख को नागपंचमी रहेगी और सात तारीख बुधवार दिन रहेगा तुलसीदास तो जी की जयंती रहेगी ग्यारह तारीख को श्रावण पुत्रदा एकादशी रहेगी बारह तारीख को प्रदोष व्रत रहेगा पंद्रह तारीख को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता जो है दिवस भी रहेगा तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और दर्शकों रक्षाबंधन पर हमारी जो पहले वीडियो देख रहे हैं तो इस भाई की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारा स्नेह व आशीर्वाद और हमारी यदि कोई मदद होगी तो आप लोग हम होकर कहिएगा सत्रह तारीख को जो है सिंह संक्रांति रहेगी संक्रांति होती है बेसिकली सूर्य जब एक राशि राशि के अगली में और चौबीस तारीख को नंद के आनंद भयो जय कन्हैया तो जो है आंगन आयो जय कन्हैया लाल की तो कन्हैया का बर्थडे जन्माष्टमी है उम्मीद करते हमारे सारे जो दर्शक हैं आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखेंगे यदि आप लोग कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो मेष राशि के हमारे जो जातक रहेंगे इनका जो है अगस्त माह कैसा जाएगा इस पर हम दृष्टि डालते हैं ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या कहती है देख लीजिए राहु पराक्रम के भाव में उच्च होकर के गोचर कर रहे हैं शनि और केतु धनु, धनु राशि में गोचर कर रहे हैं सूर्य बुद्ध शुक्र ये कर्क राशि में है ओवरऑल हमने बनाया है सत्रह तारीख के बाद से सूर्यदेव आ जाएंगे स्वराशि सूर्य मंगल का पराक्रम योग भी बन रहा है बुद्ध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है दूसरा दर्शकों जुपिटर यहाँ पर जो है आठवें घर में जो है इस समय गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में वक्री हो गए बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्थिति जो रही है आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं कुछ प्रयोग अंत में बताएंगे इसको आप लोग जरूर करिएगा तो देखिए जैसे ही ये माह स्टार्ट होगा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होना स्टार्ट हो जाएगी दो तारीख को कुछ आपका अपवय होता हुआ दिखाई दे रहा है परिवार में आपको कला की स्थिति का सामना करना पड़ेगा एक बात बताना चाहेंगे तीन तारीख से पंद्रह अगस्त तक की यदि हम बात करें तो भूमि भवन के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है कोई स्थायी संपत्ति आप लोग प्राप्त करेंगे ड्यू टू बुद्ध शुक्ल लक्ष्मी नारायण योग सुख के घर में बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है इसमें तो कोई इब्बट है ही नहीं आप लोग बहुत अच्छा गेन करेंगे कोई नई प्रॉपर्टी क्रय कर सकते हैं कोई ए, क्या कहते हैं वाहन वगैरह आप लोग क्रय कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ आप लोग गैजेट खरीद सकते हैं भोग बिलासता की चीज़ों पर आपका खर्च ज़्यादा रहेगा इनकम भी अच्छी आएगी खर्च भी आप लोग बहुत अच्छा करेंगे आपका अधिकार क्षेत्र आपका प्रभुत्व क्षेत्र इस माह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आय के कई नए अवसर आपको प्राप्त होते हुए इस माह दिखाई देंगे आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ रहेगी जो उच्च पदस्थ व्यक्ति हैं विद्वान जन हैं भद्र पुरुष हैं इनकी मित्रता बहुत बड़े प्रभावशाली लोगों से होगी योग्य व्यक्तियों से होगी एक बात और बता दें कि इस माह यदि आप लोग विवाहित हैं और संतान प्राप्ति में कोई बाधाएं अभी तक चली आ रही थी तो इस माह वो बाधाएं दूर हो जाएंगी संतान प्राप्ति के योग हैं अधिकतर इस माह देखिएगा जो रेशियो रहेगा लड़कों के जो है बर्थ का ज़्यादा रहेगा सूर्य और मंगल आ रहे हैं दोनों जो है पुत्र कारक ग्रह होते हैं सूर्य स्वराशि में आ रहे हैं इस कारण किसी यदि जो है किसी को जो है आ, बच्चे का जन्म होने वाला है तो बहुत हद तक कि 70 से 80 परसेंट चांसेज हैं कि पुत्र प्राप्ति का ही योग रहे धन धान में आपके वृद्धि होगी मां अनुपूर्णा का आशीर्वाद मेष राशि के जातकों के ऊपर बरसेगा प्रेम संबंध में बहुत प्रगाड़ता आएगी लेकिन दोनों का ईगो लेवल बहुत हाई रहेगा तो इसको आपको दबा कर रखना रहेगा नए प्रेम संबंध स्थापित होते हुए नज़र आ रहे हैं यदि आप कोई विभागीय एग्जाम दे रहे हैं इंटरनल एग्जाम दे रहे हैं आप ऑलरेडी सरकारी जॉब में हैं जैसे मान लीजिए आप पुलिस में ही हैं सिपाही पद में हैं सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं या और भी कई एग्जाम्पल ले लीजिए बैंक में कुछ लोग हैं जो क्लर्क हैं उनको जो है मैनेजर पोस्ट के लिए देनी है तो विभागीय परीक्षाओं में आप लोगों को सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है और एक चीज़ बता दें इस माह आप लोगों के अंदर अचानक से कोई दैवीय शक्ति रहेगी कि आपके अंदर तेज बहुत रहेगा चेहरे पर आपके तेज बहुत ज़्यादा रहेगा तो उच्च शिक्षा के लिए भी जो जातक बाहर जाना चाहते हैं ये माह उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है लेकिन 17 तारीख से मास के अंत तक योजनाओं के अनुरूप आपके कार्यों में सफलता का अभाव होता हुआ दिख रहा है आपके खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे किसी व्यक्ति के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी मन में बहुत ज़्यादा व्यग्रता रहेगी की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है तमाम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे इस कारण कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा रहेगी स्वयं तथा संतान का जो है आपको जो है स्वास्थ्य प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं पर आप लोग देखिए जंक फूड से दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा अन्यथा हानि आप लोग उठाते हुए दिखाई दे रहे आपका वजन तेजी से बढ़ेगा देख लीजिए जुपीटर बैठे हुए हैं अष्टम में और आपके राशि पर ही जो मेष राशि होती है इसके अधिपति मंगल होते हैं आपके घर में पहले और आठवें स्थान के लॉर्ड होते हैं मंगल की भी चौथी दृष्टि पड़ रही बहुत तेज तकार रहेंगे लेकिन आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो वजन अपना कम करिए जंक फूड वगैरह से आप लोग दूर रहिए शासन प्रशासन के अधिकारियों से आपका वाद विवाद हो सकता है और झगड़ते हुए आप लोग दिखाई दे रहे अंत में लेकिन विजय आपकी ही होगी आकस्मिक रूप से किसी झगड़े झंझट में फंसेंगे मानसिक तथा शारीरिक कष्ट मेष राशि के को रहता हुआ दिखाई दे रहा है घर परिवार में कुछ कल उच्च रक्त क्षेत्र पर किसी से बात विवाद मत करिएगा अन्य हानि उठाते हुए भी दिख रहे आपके ऊपर कुछ अपना है देखिए केतु यहाँ पर जो है जो आपका बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस में शनि के साथ पंचम दृष्टि लग्न पर दे रहा है तो लग्न क्या होता है लग्न आप खुद होते हैं आपका नेम क्या होगा आपका फेम क्या होगा ये लग्न डिसाइड करता है तो केतु पंचम दृष्टि दे रहा है आप किसी से फालतू में भीड़िए ही ना आप अपने रास्ते चल रहे हैं अपने रास्ते चलते रहिए तो किसी से आपको बात विवाद नहीं करना उच्च अधिकारी भी यदि कहते हैं कुछ तो एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकालिए कुछ भिड़ने की ज़रूरत नहीं है और छोटे भाई बहनों से आपका कुछ वाद विवाद हो सकता है तो इससे आपको बच के रहना रहेगा आपको जहां पर पराक्रम दिखाना चाहिए इस माह आप पराक्रम अपना खूब दिखाएंगे तो आपसे निवेदन है निवेदन है कि स्वस्थ शब्दों का ही प्रयोग करिएगा किसी और प्रकार के अभद्र टिप्पणियों से आपको दूर रहना रहेगा कार्यक्षेत्र में यह भी ध्यान रखिएगा कि आपके पीठ पीछे कोई आपके ऊपर जो है क्या कहते हैं प्लानिंग तो नहीं कर रहा आपके खिलाफ प्लानिंग तो नहीं कर रहा इसको भी आपको देखना रहेगा तो वही एजुकेशन फील्ड की हमने बात कर ली की बात कर ली आर्थिक स्थिति हमने आपको बता दी प्रेम हमने बता दिया स्वास्थ्य हमने बता दिया पारिवारिक स्थिति भी हमने बता दी अब चलते हैं इस माह के सबसे शुभ दिवस कौन कौन से हैं तो एक तारीख आपके लिए सबसे शुभ दिवस रहेगा तीन तारीख चार तारीख उसके बाद आपका नौ तारीख बहुत शुभ रहेगा ग्यारह तारीख बहुत शुभ रहेगा चौदह तारीख शुभ रहेगा पंद्रह तारीख शुभ रहेगा 21 तारीख आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगी 22 तारीख सर्वथा शुभ रहेगी 25 तारीख सर्वथा शुभ रहेगी और 30 तारीख सर्वथा शुभ रहेगी अब प्रतिकूल दिवस पे आ जाते हैं प्रतिकूल दिवस को आप लोग रिमाइंडर में लगा लीजिएगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो दो तारीख छः तारीख आठ तारीख दस अट्ठारह बीस तेईस सत्ताईस उनतीस इक्तीस ये आपके लिए प्रतिकूल दिवस रहेंगे इसमें आप लोग किसी से मत भिड़िएगा वाद विवाद मत करिएगा भाग्यशाली कलर की बात करते हैं आपके लिए सबसे लकी नंबर जो है कलर कौन से रहेंगे तो रेड कलर और ऑरेंज कलर सबसे ज़्यादा लकी रहेंगे और जो शुभ अंक रहेगा ये एक नंबर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा इन अंकों का प्रयोग करके एक नंबर के साथ साथ नौ नंबर भी सर्वथा शुभ रहेगा आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं सरल बना सकते हैं सुगम बना सकते हैं अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ तो देखिए वजन से रिलेटेड लीवर से रिलेटेड कुछ दिक्कत आएगी बृहस्पतवार वाले दिन विष्णु सहस नाम का आप लोग पाठ करिए दूसरा शनिवार को काँसे की कटोरी में सरसों का तेल आप लोग अपने सिराने रखिए और उसके बाद उसकी छायादान आपको करना रहेगा और प्रत्येक शुक्रवार को धन संबंधी और मामले आपको अच्छे मतलब अच्छे प्रकार से धन आए इसके लिए तो प्रत्येक शुक्रवार को शिवलिंग पर आपको दही चढ़ाना रहेगा जी हाँ दही चढ़ाइए इससे आपके धन संबंधी जो मार्ग हैं ये खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये सब आप लोग प्रयोग करिए और अपने जीवन को सरल और सुगम बनाइए कार्य क्षेत्र पर निकलने से पहले कुछ मीठा खा करके निकलिएगा उच्च अधिकारियों के सामने यदि आप कुछ डाल जाते हैं उनके पास फेस करने तो कोशिश कीजिएगा कि सरसों के कुछ दाने अपने पॉकेट में और एक हल्दी की गाठ ज़रूर आप लोग रख लीजिएगा ये प्रयोग करिए बहुत अच्छे प्रयोग हैं और आपको निश्चित ही इसके रिजल्ट मिलेंगे हमारा ये प्रोग्राम मेष राशि के जातकों कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और हाँ दर्शकों अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन ज़रूर दबाइए और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं संपर्क करने के साथ साथ जो है ये शुल्क के साथ सुविधा है और आप लोग के जीवन में जो बाधाएँ चली आ रही है उसको दूर करने का भरसक हम प्रयास करेंगे तो फेसबुक पेज पर पे देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिए जो हमारे पेज को दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार